हेलो दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अरुल और आज हम देखेंगे कि मतलब जैसे आपने सब्सक्राइबर्स होते हैं ना आपके थोड़े कम होते हैं आपके वीडियो अगर आपकी वीडियो शो हो रही है उनको वो किसी ने आपकी वीडियो सर्च करी तो उसमें hey. आपका दिखता है कि कम सब्सक्राइबर्स हैं तो वो क्या करते हैं कि आपकी वीडियो नहीं देखते वो सोचते हैं कि आपके कम सब्सक्राइबर है तो आपको ज़्यादा पता नहीं होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है पता सबको होता है लेकिन किसी किसी की मैंटेलिटी होती है कि अगर कम सब्सक्राइबर है तो इसको ज़्यादा पता नहीं भी है नया नया लेकिन पता होता है तभी हम वीडियो बनाते हैं ठीक है तो आज मैं उसको बताऊँगा कि कैसे आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं आप चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हाइट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं तो चलिए आज चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर कि कैसे उसको हाइट करते हैं तो दोस्तों आगे हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर इसके बाद क्या करना है हमें क्रोम का ओपन करना है इसके बाद ना आपको पहले सबसे पहले डेस्क टॉप ओपन करना पड़ेगा मतलब जैसे ये एंटिक होगा ये आपका टिक नहीं लगा होगा इस पर टिक लगा देना डेस्क टॉप ओपन उसके बाद ऐसा एंट्र आएगा ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है देखो नोन आपको बताता जैसे कि आपका ओपन हो गया आपको अपने चैनल पर क्लिक करना ठीक है उसके बाद जाना आपको यूट्यूब स्टूडियो पे ठीक है यूट्यूब स्टूडियो आपने करा जैसे आपका यूट्यूब स्टूडियो ओपन होता है आपको नीचे स्क्रॉल करना उसके बाद आपको सेटिंग दिखनी सेटिंग पे क्लिक करना उसके बाद चैनल लिखा होगा चैनल पर क्लिक करना चाहे बाद एडवांस सेटिंग पे जाना है सेटिंग थोड़ा सा नीचे होगा ना तो इस पे क्या है कि आप देख रहे हो गए कि तो ये टिक लगा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल ठीक है ये टिक लगा हुआ है जिसमें आपका सब्सक्राइबर शो होगा इसको आप कर दोगे ना तो ये आपका शो होगा अब फिर आपको ये नहीं शो होगा कि कितने सब्सक्राइबर हैं आपकी कितने ठीक है इसके बाद आपको बस सेव कर लेना है अब आप चेक कर लेना क्योंकि अब जो है ना अब आप आपके सब्सक्राइबर्स दिखेंगे नहीं सब जो आपको सिर्फ आपको ही दिखेंगे जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं जैसे कि मैं अपनी एक वीडियो चला देता हूँ कोई एक बड़ी ठीक है ये वीडियो मैंने चलाई हेलो दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद इसमें देखो मेरा यहाँ पर देखो कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिखा बस ये सिम्पल सा ट्रिक है कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि आपको कोई नया ऐप इंस्टॉल करना है कुछ YouTube स्टूडियो पे जाके आराम से आप अपने सब्सक्राइबर हाइड्स कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें चलते अपनी नई वीडियो धन्यवाद